आजकल बहुत बड़ा बदनामी के बोझ लिए भटक रहा हूँ पता नहीं वो लोग हमें गिराना चाहते हैं या अपनों से पीछा छुड़ाना